मनुष्य की सोच संसार का सबसे गहन या कहो सबसे कठिन भाव कब क्या होने के पश्चात यह मन क्या सोच बैठेगा यह कहना असंभव है और यही सोच कई बार हमारे मन में हीन की भावना ले आती हम सदा हमसे ऊपर की श्रेणी के व्यक्तियों को देखते हैं उनके जीवन का विश्लेषण करते हैं और फिर स्वयं को हीन समझ लेते हैं। इसके पास इतना धन है इसके पास कितना बल है और मेरे पास मेरे पास कुछ भी नहीं मैं कितना हीन व्यक्ति हूं संसार के लिए मैं कुछ भी नहीं होता है ना ऐसा किंतु ऐसा नहीं है आपके पास भी बहुत कुछ है पलट के देखिए। किसी भूखे व्यक्ति को केवल एक रोटी मिल जाए तो भले ही दूसरों के लिए वो अन्न का दाना होगा किंतु उसके लिए वो भोज से कम नहीं इसलिए जब भी मन में हीन भावना जागे अपनों की ओर देखिए उनकी ओर पलटी है आपको विश्वास हो जाएगा कि भले ही आप ये मानते हो कि संसार के लिए आप कुछ नहीं हैं, कुछ लोगों के लिए आप संपूर्ण संसार है तो जो आपका संसार उसमें प्रसन्न रहना सीखी राधे राधे इतना सुंदर पुस्तक है सुंदर आवरण है सजाए हुए पृष्ठ है किंतु क्या यह सत्य में अद्भुत पुस्तक कहलाने की पात्र है क्या इसमें जो लिखा है वो सत्य है प्रेरणादायी है हमारे लिए मूल्यवान है कैसे निश्चय लिया जाए इस बात का अब आप सोचेंगे कि सीधी सी बात है आवरण को देख के पुस्तक की गुणवत्ता कैसे जानी जा सकती इसके लिए तो आपको उसे पढ़ना होगा उसे समझना होगा समय देना होगा है ना बिल्कुल उचित सोच रहे हैं आप बस आश्चर्य की बात यह है कि पुस्तक के विषय में आप ये सारी बातें जानते हैं किंतु किसी व्यक्ति के विषय में आप ये सारी बातें मन में नहीं लाते व्यक्ति का मूल्यांकन भी उसके वस्त्रों से उसके शारीरिक रूप से या तो उसकी सुंदरता से नहीं किया जा सकता उसके लिए आपको उस व्यक्ति को पढ़ना होगा उसे समझना होगा उसे समय देना होगा पर हम क्या करते है? पहनावे रंग सुंदरता को देखकर आकर्षित हो जाते हैं उसे प्रेम समझ बैठते हैं और आए दिन कोई ना कोई ये कहते सुनाई देता है कि उसकी प्रेम कहानी सफल नहीं हो पाई उसे छल मिला किंतु इसमें दोष किसी और का नहीं स्वयं आपका है आपने उस व्यक्ति को समय नहीं दिया आपने उस व्यक्ति के विचार नहीं पर किया प्रेम दो क्षण में बनने वाला पकवान नहीं है इसका स्वाद चखने के लिए आपको जीवन भर का समय देना पड़ेगा तो समय दीजिए एक दूसरे के रूप से नहीं आत्मा से जुड़ी निश्चित ही मन प्रसन्नता से कह उठेगा राधे राधे भूल और मनुष्य इन दोनों का संबंध कुछ वैसा है जैसा पंख और चिड़िया का जैसा धारा और नदिया का तेरी भूल मनुष्य के स्वभाव का इतना महत्वपूर्ण अंग है तो आप सोचिए इस पर लज्जा क्यों इस पर लज्जा करना ठीक है ही नहीं वैसे देखा जाए तो भूल हमें स्वयं को और श्रेष्ठ बनाने का अवसर देती पहले से अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा देती अब कदाचित आप में से कुछ इस बात से सहमत नहीं हो क्योंकि बहुतों की दृष्टि में भूल दोष को जन्म देती है दोष अपराध को और अपराध के लिए क्षमा नहीं दंड मिलना चाहिए किंतु क्या कि आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है क्या कारण है इसका इसका कारण है भूल स्वीकार करने से बचना यदि आप कोई भूल करोगे और उसे स्वीकारोगे नहीं तो वो भूल दोष में बदल जाएगी और वो दोष अपराध तो साहस रखिए अपनी भूल को स्वीकार करना अपनी भूल को सुधारने की दिशा में सबसे पहला कदम होता है और स्मरण रखिएगा यदि कुछ अपराध है तो वो है समय पे अपनी भूल ना स्वीकार राधे मनुष्य का स्वभाव है कमाना संग्रह करना फिर चाहे वो धन हो नाते संबंध हो या हो प्रसन्नता परंतु क्या आपने कभी सोचा है नियति नहीं यह संग्रह करने की प्रकृति मनुष्य में क्यों डाल? एक बीज से पौधा पनपता है उसके भोजन से फल संग्रहित होता है क्यों? इसलिए ताकि वृक्ष उसे स्वयं खा सके नहीं बल्कि इसलिए ताकि वो भूखे जीवों में बाट सके अब आप पूछेंगे कि इसमें वृक्ष का क्या लाभ लाभ है क्योंकि जो बाटता है वो मिटता नहीं जो फल ये जीव खाते हैं वो उसकी बीजों को वातावरण में बिखेर देते हैं जिससे जन्म लेते हैं नए वृक्ष उसकी जाति उसका गुण उसकी मिठास अमर हो जाती इसलिए स्मरण रखिएगा अमीर होने के लिए एक एक क्षण संग्रह करना पड़ता है किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण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 अरे तो इसके पश्चात इसे संभाला नहीं गया इसके स्वामी ने इसके देखभाल का कर्तव्य ठीक से नहीं निभाया और अब अब यह मूर्ति असुंदर लगने लगी इसी प्रकार केवल कह देने से प्रेम प्रेम नहीं हो जाता इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों को पूर्ण करना होदेश की रक्षा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 ये पौधे ये पुष्प देख रहे हैं आप है ना सुंदर क्योंकि आपने इन्हें देखा है इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें वैसी मुस्कान तिरछी भ्रू घने के पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है नहीं ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रे, प्रेम प्रेम भिन्न है प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरु कह सकता है क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर है, क्योंकि वो भाव से जुड़े तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचाने। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो राधे राधे। हम में ऐसा कोई नहीं होगा जिसने वृक्षों को ना देखा वृक्षों पे इन पक्षियों को ना देखा इनके घोसलों को ना देखा इन पक्षियों को अपने छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराते ना देखा संसार का सबसे महत्व वाला दृश्य होता है चिड़िया दूर से अपनी चोच में दाना भरकर लाती स्वयं भोजन करने में असक्षम संतान की चोच में डालती स्वयं भूखी भूखे से, और जब संतान के पंख निकल आते हैं तो उसे उड़ना सिखाती और उसके पश्चात उसे स्वतंत्र कर देती है अपना जीवन जीने के, इस आकाश में उड़ान भरने के लिए और हम मनुष्य क्या करते हैं जिस संतान को हम पंछी की भांति पालते हैं उसके पंख निकलते ही हम उसे बांध देते हैं यह सोच के कि कहीं वो दूर उड़कर न चली जाए ऐसा नहीं कि इस स्थिति में माता पिता को संतान से प्रेम नहीं है अवश्य किंतु इसमें प्रेम पर मोह भारी पड़ जाता है जो स्वयं अपने और संतान के भविष्य के बीच में बाधा बन जाता है। हम यह भूल जाते हैं कि हम केवल जन्मदाता है भाग्य विदाता नहीं तो जब प्रेम में मोह आ जाए तो वह प्रेम नहीं स्वार्थ बन जाता है इसलिए प्रेम को पास रखिए और मोह को दूर क्योंकि जिससे प्रेम करते हैं उसका विकास नहीं रोका कर। राधे